नरेन यानी कि स्वामी विवेकानंद अपने छात्र जीवन में आर्थिक विषमता से जूझ रहे थे एक दिन उन्होंने अपने गुरु से कहा काली माँ से प्रार्थना करेंगे तो वह मेरे वर्तमान आर्थिक संकट दूर कर देंगे रामकृष्ण जी बोले नरेन संकट तुम्हारे हैं इसलिए तुम स्वयं मंदिर में जाकर काली माँ से मांगो वह अवश्य सुने या उसे मंदिर में बेच दिया क्या मांगा माँ मुझे भक्ति दो नरेंद्र ने कहा अरे इससे तेरे संकट दूर नहीं हो तू फिर से अंदर जा और माँ से स्पष्ट मांग वह गया और उसने पूर्ववत जैसा किया जब तीसरी बार जाने पर भी उसने काली माँ से केवल यही कहा कि माँ मुझे भक्ति दो तब तो परमहस जी हसे और कहने लगे नरेंद्र मुझे मालूम था तू भौतिक सुख नहीं मांगेगा क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पूर्ण जिज्ञासा तेरे हृदय में उत्पन्न हो चुकी है और इसलिए मैंने तुम्हे तीनों बार भक्ति मांगने के लिए ही अंदर भेजा था वर्तमान आर्थिक संकट का समाधान तो मैं स्वयं ही कर सकता था इस कहानी का तात्पर्य यह है कि एक विशुद्ध गुरु अथवा भक्त के सानित्य में रहने से मन का शुद्धिकरण करना सरल सहज हो जाता है। हेनरी फोर्ड, फोर्ड, फोर्ड थ्री ने स्कोन के संस्थापक स्वामी प्रभुवाद की शिष्यता ग्रहण कर और उनके साथ भारत में कुछ महीने रहकर अपने मन की शुद्धि की थी विचारों पर किया था। बाद में स्वामी जी ने अपने अंबरीदास को वापिस अमेरिका भेज दिया था। यह एक उत्तम उपाय बताया गया है, क्योंकि एक सच्चे गुरु के निकट उसके शिष्य का अंतर्म सदा बना रहता है और वे उसकी आत्मा उन्नति का मार्गदर्शन स्वयं करते रहते हैं आवश्यकता इस बात की है की हम मन की श्रुति के लिए पहले जिग्नासु बने और फिर संत की पहचान के विवेक की